आपको ब्लॉगर के बारे में बताएंगे कि आप एक ब्लॉगर में किस प्रकार से वेबसाइट बना करके आप अपने अच्छे आर्टिकल हिंदी में हो या उर्दू में हो या किसी भी तरीके से एक आर्टिकल लिख कर के लोगों तक पहुंचा सकते हैं और एक अच्छी इनकम कर सकते हैं तो इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ब्लॉगर पर आप वेबसाइट बना सकते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ब्लागर को डाउनलोड कर लेना है जो एक गूगल की अप्लिकेसन है डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद सिंग इन विथ गूगल आप अपनी गूगल की ईमेल आईडी से इसमें सिंग इन करें किसी एक मेल आईडी से आप इसमें लॉगिन कर दीजिए लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखेगा जिसका इंटरफेस इस प्रकार होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रीट ब्लॉग तो इस ब्लॉग पर आप क्रिट पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ब्लॉग नेम आप अपने वेबसाइट का जो नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर दें आप फिर ब्लॉग का नाम डाल करके नेक्स्ट कर दें नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे ब्लॉग का यूआरएल पूछ रहा है कि आप किस प्रकार का यूआरएल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लॉक का यू टाइप कर दें ब्लॉग यू जो है डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है क्योंकि यही ब्लॉग यूआरएल आपको गूगल पे सर्च करना होगा तो आपका जो भी आर्टिकल है वो आपके सामने आएगा तो नेक्स्ट करने के बाद मेल की मेल का नाम डालने की जरूरत नहीं आप अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर डालें तो चलिए हम वेबसाइट का नाम डाल देते हैं इस तरह से नाम डालने के बाद आप इसको नेक्स्ट करें नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं क्रिएटिंग अहल हदीस नाम से ये वेबसाइट तैयार हो गई है अभी इसमें कोई भी एक भी पोस्ट पब्लिश नहीं है तो चलिए हम इस पे एक आपको पोस्ट पब्लिश करके दिखाते हैं कि ये वेबसाइट किस तरह से आपको दिखेगी अब हम आपको एक आर्टिकल पब्लिश करके दिखाते हैं वो आर्टिकल कोई खास नहीं लेकिन मैं एक सिंपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये किया जाएगा आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहें कर सकते हैं तो इसके साथ आप देख सकते हैं पेंसिल आइकन का निशान इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद जैसे ये है टाइटल और स्टार्ट क्रिएटिंग पोस्ट तो इस क्रिएटिंग पोस्ट पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएटिंग और पोस्ट यहाँ पर जो भी आर्टिकल आपने लिखा हो या कॉपी करके लिया हो तो आप वहाँ पर इसको पेस्ट कर दें आर्टिकल डालने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं टाइटल टाइटल पे आपको यहां पे अपना जो भी आपने टाइटल बना रखा है वो टाइटल यहां पे आपको पेस्ट कर देना है पेस्ट पर करने के बाद यहां पे लेबल आप यहां पे कोई भी एक लेबल दे सकते हैं कि आप किसके बारे में डाल रहे हैं या किसके बेसिस के बारे में है तो वो एक टाइटल या जैसे प्ले में प्ले के हिसाब से बनती है कि अगर आप किसी आधार के बारे में डालना चाहते हैं तो आधार की ही सीरीज उसी तरीके लेबल होता है आप जिस हदीस के बारे में या किसी किसी बारे में डालना चाहते हैं तो आप उसके ये सीरीज यहाँ पे बना सकते हैं तो इसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं इसको किस तरीके से क्रिएट करना है क्रिएट करने के बाद आपको ये जो ऊपर एरो का निशान दिख रहा है इस पर टिक कर देना है तो आपका ये पोस्ट इस तरीके नोटिफिकेशन तो आएगा जिसमें आपको पब्लिस कर देना है पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका पोस्ट पब्लिश हो गया है और ये जो ईमेल का आइकॉन है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना ब्लॉग देख सकते हैं वाइव योर ब्लॉग इस ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ये आपको वेबसाइट पर लेकर के जाएगी और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से दिखेगा ये आपका पोस्ट हो गया आप इसको रेड मोड करके देख सकते हैं कहाँ पर कितना क्या आपने डाला ये इस तरीके से पोस्ट हो जाएगा और यहाँ पावरड बाय ब्लॉगर तो ये किसके हिसाब से ये साइट बनी हुई है ये, ये आपको इसी में बता देगा और ये शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं लिंक कॉपी कर सकते हैं फेसबुक में डाल सकते हैं प्रिंट रेट्स में कहीं पर भी डाल सकते हैं और इसके और भी जो इसके तरीक़े हैं हम आपको आगे इसकी सीरीज़ में बताएंगे क्योंकि इसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है किस तरीके से आपको इसको चलाना है या किस तरीके से इसमें इनकम होगी आगे हम आपको इसका वीडियो बताएँगे तो इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा धन्यवाद